अरे यार छोड़ो जाने भी दो आखिर कब तक हाँ आखिर कब तक कब तक उस इंसान के पीछे भागोगे जिसे तुम्हारी कदर तक नहीं है तो खुद की कदर करना सीखो